जाना था तू बता कर क्यों नहीं गई तुझे नहीं जाना दे दे गलती हुई पूरी रात मेरी आंख रोई बताई ना तू ने बात कोई जायज नहीं है सजा तेरी कोई जो तूने दी मुझे गई तेरी याद सारी अब न कोई मेरी जिम्मेदारी तेरे मेरे बीच का प्यार खत्म हो गया गया संसार तेरे मेरे बीच का प्यार खत्म हो गया गया संसार यार तेरी याद गई तेरी याद तेरे सिवा न कोई मेरा तूने नहीं पाया मुझे तोड़ दिए मेरे सपने सारे अब न मुझे तेरी जरूरत मिट्टी की चली जा मेरी जिंदगी से न मुझे तेरी जरूरत अब न मुझे तेरी जरूरत अब न मुझे तेरी जरूरत अब हूँ दिलजुबान